करियर ऑप्शन इन सोशियोलॉजी। अगर आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन किया है तो इसके बाद आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पदों पर काम कर सकते हैं सोशियोलॉजी में कैरियर के अनेक विकल्प हैं यहाँ पर आपके लिए जॉब के अवसरों की भरमार है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत आसानी से इस सेक्टर में करियर बना सकते हैं इसमें आप निम्न पदों पर काम कर सकते हैं नंबर वन कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजर सोशोलॉजिस्ट 2 researcher 3 professor 4 lecturer 5 consultant 6 counselor 7 training adviser 8 jan ganna karyakarta and 9 public sector administration